बात कर रहा हूं ये सब तो सबसे पहली बात पहली बार तो ये है बाद बात आ रही दो करोड़ लाख रुपए की तो मैं कि जब लोगों का ये प्यार, ये ये प्यार सम्मान और समर्पण साथ में मिलता है तो ऐसा लगता है कि दो करोड़ पचासी लाख रुपए तो कुछ नहीं है पैसा तो दुनिया कमा लेती है कैसे भी कमा लेती है लेकिन मुद्दा इस बात का है आज मैं जिन लोगों के साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मतलब सभी लोग बहुत प्यार करते हैं बहुत चाहते हैं बहुत साथ में हैं जिनके सहयोग रहा है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ अगर मैं इस बात को बोलूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ आप सभी हो तो मेरा नाम कुछ है मैं जिस रैंक पे हूँ और जो भी एक नया रैंक सोलवा रैंक रॉयल एम्बेसडर का है उसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है और उस आदमी का भी बहुत बड़ा रोल है जिसने हमारी कंपनी में मेरी टीम के अंदर मात्र 27 एस की भी आई लगाई है क्योंकि yes. तो अगर yes. वो 27 yes. एस yes. की आईडी डी नहीं लगाता तो मेरा ये लेवल होने में 27 एस माइनस रहता yes. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एम्बेस्टर या डायमंड या क्राउन डायमंड या स्टार सफायर yes. या सफायर का ही रोल है है सभी का साथ है लेकिन उस आदमी का भी सबसे बड़ा साथ है मेरे साथ जिसका मात्र 27 एसपी और बावन एसपी से आईडी मेरी टीम में लगी है और उसका सबसे बड़ा साथ क्यों है कि हमारे साथ में जितने भी लीडर्स हैं इन सब का कोई न कोई चेक बन चुका है लेकिन उस आदमी का जिसके 27 एसपी बावन एसपी और सौ एसपी से अभी आईडी ग्रीन हुई है इसका अभी तक भी कोई चेक नहीं बना है उसका सिर्फ हमारी सख्सेज के अंदर योगदान है उसका अपना कोई चेक नहीं बना है और मेरी तरफ से उन सभी को भी बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यकीन दिलाता हूँ विश्वास दिलाता हूँ कि ये वही कंपनी है असली बेस्ट वेलनेस जो आज से कुछ समय पहले मैंने ज्वाइन की थी वही प्रोडक्ट है जो हमने ही लिए थे वही कंपनी की वेबसाइट है जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था और हमारे बाद में जितने लोग आए और अब आ रहे हैं और आएंगे उन सबका भी सेम वेबसाइट सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट प्रोडक्ट बढ़ गए हैं सेम प्लान और सारी चीजें सेम होने के बाद वहीं रजिस्ट्रेशन हो रहा है मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं बन सकता हूं उनाल सर बन सकते हैं नसीब सर बन सकते हैं मदन साहब बन सकते हैं तो असलीबस वेलनेस के अंदर फॉरम साइन अप करने वाला कोई भी एक आदमी किसी भी लेवल पे जा सकता है और जाएगा ये मेरा विश्वास नहीं ये मेरा यकीन है हंड्रेड में गाड़ी दोस्तों सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस दिन मेरा 28 अट्ठाईस तारीख की बात है ना अट्ठाईस अट्ठाईस तारीख को जब रैंक हुआ था महावीर जी का फोन आया महेंद्र जी का फोन आया भगवान सिंह जी का फोन आया कृष्ण जी का फोन आया मनोज जी का फोन आया और बहुत सारे लीडर्स का फोन आया शुक्ला जी का फोन आया खान साहब से बात हुई कुणाल सर मेरे सातवें थे तो महेंद्र जी ने बोला सर हम गाड़ी में बैठ लिए हैं गाड़ी में सामान पैक हो रहा है और हम आपका केक काटने के लिए केक खरीद लिया है और हम जिम गोरबेट पहुंच रहे हैं मैं सच बताऊं मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे और मैं अपने आप ही सोच रहा कि यार अभी अकाउंट के अंदर पैसा तो क्रेडिट नहीं हुआ लेकिन जो ये अपनापन क्रेडिट हो गया इसको मैं जिंदगी में कैसे चुका पाऊंगा ये तो मैं मैंने भरे मन से बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि सर प्लीज आप मत आइएगा क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको बारह घंटे आने में लगेंगे बारह घंटे जाने में लगेंगे उसके पांच दिन के बाद आपके एसओएस भी है आपके लोगों को ट्रेनिंग में भी लेके आना है अगर आप दिल्ली होते हैं तो मैं मना नहीं करता तो मैंने बड़ी मुश्किल से मैं ही जानता हूँ आधा घंटे काउंसिलिंग करके कैसे उनको रुकने के लिए रोकते रुकते भी नहीं है। <laughs> इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसके में, में, बुल, बाद भगवान सिंह जी से बात हुई तो कृष्ण जी से बात हुई महावीर जी से दोबारा बात हुई बोला सर हम चल दिए हैं बस तैयारी है और हम चलने ही वाले हैं तो सोचा सबको कन्विंस करूंगा आधा आधा घंटे इससे अच्छा मैडम सबसे अच्छा एक तरीका निकाल मैंने कहा महेंद्र जी से आप बात कर लो मेरी उनसे बात हो गई है तो उन्होंने कैसे कन्वेंस किया होगा वही जानते होंगे लेकिन किया सर उसके उस जाहिर की क्योंकि जयपुर टीम के साथ है। सारी टीमों के साथ ही है लेकिन जयपुर टीम के साथ कुछ सहयोग बन जाते हैं जब मैं क्राउन डायमंड बना था उसके चार घंटे के बाद मैं जयपुर में था और उस टाइम महेंद्र जी मर्सडीज ले रहे थे और इनकी मर्सडीज की डिलीवरी एक बजे थी और बेरा इंतजार करते करते ये पूरी जयपुर टीम शोरूम के आगे पांच घंटे लगातार इंतजार करते और पांच घंटे के बाद शाम को छह बजे जब जयपुर पहुंचा उसके बाद मर्सडीज की डिलीवरी हुई थी शायद आपके बेटे का बर्थडे भी था उस दिन तो उसका केक भी छह घंटे वेट करने के बाद उसके बाद जब अम्बेस्टर बना उसके बाद भी कुछ ऐसा श्यो था कि मेरा पहला शू अगले दो या तीन दिन के बाद मुझे जयपुर ही था उसके बाद हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की सबसे छोटी गाड़ी मैंने ली <laughs> मेरी टीम में देखिए बहुत सारे लोगों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं किसी के पास जैगवार है किसी के पास ओडी है किसी के पास कंटेवर है किसी के पास फॉर्चूनर है किसी के पास मर्सडीज है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं लेकिन मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी ले पाया मैं ज्यादा नहीं ले पाया और भगवान ने इसी लायक बनाया कि छोटी सी ले लूं <laughs> तो मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली जिसमें दो लोग आराम से बैठ सकते हैं और मैं जयपुर गया तो मेरी उस गाड़ी से मैंने पहला शो जयपुर के आई थिंक दीप समर्थि में ही किया जी, ना। जी, ना। जी, जी, तो ये कह सकता हूँ कि पता नहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कैसे भी बोले अपने आप कुछ कनेक्शन ऊपर वाले के माध्यम से बन जाते हैं तो आप सबका सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ और प्यार है जिसकी वजह से सिर्फ मेरा नाम है बाकी सब कुछ तो आपकी मेहनत ही है मैं तो सिर्फ नाम ही ना मर क्योंकि जब ऐसे ही है जैसे कोई मूवी हिट होती है तो हम बोलते हैं ये हीरो बड़ा अच्छा है ये हीरोइन की एक्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन उस हीरो का सिर्फ नाम होता है उस मूवी को हिट कराने में बैक सपोर्ट अनगिनत लोग हैं जिनका रहता है अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो हीरो जिंदगी में हीरो बन ही नहीं पाएगा म्यूजिक वाले का भी है एडिटिंग वाले का भी है डायरेक्टर का भी है प्रोड्यूसर का भी है इसी तरह के से बहुत सारे हिडन सपोर्ट रहते हैं जिनकी वजह से मूवी हिट होती है और एक आदमी का नाम बड़ा होता है तो मेरी इस पिक्चर में भी बहुत सारे हिडन और सामने से बहुत सारे लीडर हैं जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है सिर्फ मैं तो एक नाम नाम के साथ हूँ और कुछ नहीं है मैं आपको रियली बता दूँ और दोस्तों खुशी है बड़ी अच्छी कि आज मैं पिछले तकरीबन 10 दिन के आसपास का टाइम हो गया होगा 10 दिन से लगातार जिस भी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ वहाँ पे केक ही केक काट रहे हैं और मुझे केक खाने का भी मौका मिल रहा है और खिलाने का भी मौका मिल रहा है मैंने पिछले 10 दिन में जितना केक खाया है आज तक मेरी पूरी जिंदगी में नहीं खाया जितना केक मैंने अपने हाथों से पिछले दस दिन में खिलाया है उतना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खिलाया और उसके अलावा यहाँ पे एसवस्थ के अंदर हूँ मैं जिम कॉरबेट में यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है और बोलते ना कुछ चीजें जब बड़ी होती हैं तो कुछ और चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। मैं रॉयल अंबेस्डर क्या बना कंपनी में रॉयल रोयल होने लग फटाम <laughs> जैसे ही मैं रॉयल अंबेस्डर बना दो तीन दिन के बाद में विकास बोरा जी रॉयल डायमंड बन गए उनको रॉयल डायमंड की बधाइयां देना लोगों ने बंद किया भी नहीं था आज सुबह सुबह आपने पोस्ट देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास बना है कि अभी तक लोग बोलते थे कि जेंट्स कर सकता है लेडीज कर सकता है कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता या किस सिचुएशन में किया जा सकता है किस सिचुएशन में नहीं किया जा सकता आज हिंदुस्तान में पूरी असलीफेस वेलनेस के अंदर सबसे पहला रॉयल डायमंड बनने का रिकॉर्ड नमरता मैम को जाता है उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप जहाँ भी जोड़ सुनने वाले हैं वो सारे जरूर तालियाँ बजाएं क्योंकि तो वो सब हमारे असलीफेस वेलनेस के जितने भी फाइटर्स हैं और हम सब लोगों के एक उम्मीद है और एक सपना है ड्रीम जगाने का काम है कि जब नम्रता मैडम बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि जवानी बन सकता है या बूढ़ा बन सकता है या जेंट्स बन सकता है या लेडीज़ बन सकती है कोई भी बन सकता है दोस्त ये उम्मीद आज आपने कल वूमेंस डे है आठ तारीख को और आज ही उनका रॉयल डायमंड रैंक हुआ है तो इस बार क्या ना रॉयल रोयल हो रहा है और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऊपर वाले ने भी इस महीने को बुक कर दिया है इस महीने जिसके रैंक के पीछे रॉयल लगा हुआ है सिर्फ उसी का उसी का रैंक करवाया जाएगा और बड़ा मजा आ रहा है मैं आपको एक चीज और बताऊं आपने जब लाइव हमने शुरू किया था तो यहाँ कुछ फोटो देखी होगी जिसमें हम लोग आज हम लोगों ने आज क्रिकेट खेला और मैंने भी जिंदगी में पहली बार क्रिकेट खेला और मैंने तकरीबन कैसे रन बनते मुझे नहीं मालूम लेकिन तकरीबन मुझे ऐसा कि <laughs> एक काम हमेशा करना चाहिए उसको सीखते रहना चाहिए तो आज मैंने क्या क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ और आपको भी एक ही काम करना है डेली रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखना है आज मैंने नया क्या क्या सीखा तो मैंने आज ये सीखा ये जो बैट के ऊपर जो मारता है उसको क्या बोलते हैं बैट्समैन बैट, बैट। बैट। बैट। और जो वो गेंद फेंकता है उसको बॉलर बोलते हैं उसके बाद पीछे जो पकड़ता है उसको क्या बोला? की पर, की पर। पर। और, और देखिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं लेकिन मैंने रियली आज तक क्रिकेट ना देखा है और ना खेल रहा है आपका सवाल अगर यह है कि मैंने क्यों नहीं देखा तो उसका सवाल यह है मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम दूसरे लोगों को टीवी में देखने में व्यतीत ना करूं। क्या बात है क्या yeah. और मैं अगर दूसरे लोगों को टाइम टीवी में देखने में व्यतीत करूंगा तो वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि लोग मुझे टीवी में देखें yeah. और आपको भी अगर लोग टीवी में देखें इसलिए दूसरों को टी में देखना बंद करना पड़ेगा यह मैं मुझे रियली नहीं पता कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं क्या होता है क्या नहीं होता क्योंकि और ना मैंने कोशिश की और ना मैं कोशिश बनना चाहता और हम लोगों ने मेरे से जब रन नहीं बन रहे थे तो एक नया नियम बनाया आज कि जो भी बॉल को कैच करेगा वो आउट माना जाएगा इस वजह से मेरी बॉल को आज किसी ने कैच नहीं किया और डेढ़ सौ रन बना बना आज मजाक दोस्तों सीखते रहिएगा एंजॉय करते रहिएगा पैसे कमाते रहिएगा लेकिन पैसे परेशान होके नहीं कमाइएगा खुश होके कमाइएगा सीखते रहिएगा, प्रेशर में नहीं दिल से सीखेगा और बड़ा मजा आएगा आपको असली वेलनेस, वो समुन्द्र है और समुद्र नहीं अथा समुद्र है और मैं पिछले एक बैच में रितेश चौधरी जी का बैच था जी बोल तो जब उस में मैं गया तो केक लगाया हुआ था खान बैच मेंक लगा साहबे ना आपको पता नहीं, तो, तो अचानक पहले वन देखा और वैसे ये क्या है फिर उन्होंने बोला सोलवा रैंक है और उस रैंक को देख सोलह को देख के मेरे दिमाग में आया बोला थोड़ी ऐसी फील आई थी अभी तो मैं सोलह साल का हुआ हूँ ठीक से बालिग भी नहीं हुआ और असली पेस में आदमी बालिग तब होता है जब वो अठारह साल का हो जाता है अभी दो साल साल बाकी भी हैं बालिग होने में और दो रैंक भी बाकी हैं जैसे ही दो रैंक को कर लेंगे तब हम भी अठारह साल के हो जाएंगे क्या फिर भी हमारा अधिकार हमारे पास तो अभी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है और हम लोग अभी तक कोई काम इतना बड़ा मैं नहीं पाया हूं। क्यों नहीं कर कर पाया पाया क्यों कि अभी तक का तो आगे रैंक देने के लिए कोई नया रैंक ओपन करेगी उस दिन हम मानेंगे कि अब हमने कोई काम किया दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा आपके साथ के लिए आपके प्यार के लिए इतने सम्मान के लिए इतने आशीर्वाद आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और मैं ये कह सकता हूँ कि पैसा आना जाना सब कुछ चलता रहेगा जिंदगी में बस एक ही आप चीज़ आपसे चाहिए आपका प्यार और साथ यूँ ही चाहिए बाकी तो सब कुछ फर्स्ट क्लास थैंक यू बहुत बहुत